मैंने एक बुक बुक पढ़ी थी और उस में मैंने एक कहानी पढ़ी थी आज कई सालों के बाद मुझे वो कहानी याद आई है बड़ी अच्छी कहानी है तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा तो कहानी एक राजा की जो कि एक लंबी यात्रा के लिए निकलने वाला था अपने राज्य से तो सारे उसे छोड़ने आते हैं पानी के जहाँ पर लेगा और वो आपको लड़ने के लिए चैलेंज करेगा तो उसे जान से खत्म किए बिना आपने आगे मत बढ़ना तो राजा साहब उस आदमी की बात मानकर यात्रा के लिए निकल जाते हैं दो दिन के बाद राजा जंगल में पहुंचता है वो जैसे जंगल में पहुंचता है तो सामने जिस तरह कहा था उसे 2 फुट का आदमी मिला और उसने राजा को लड़ने के लिए चैलेंज किया तो राजा महान था उसने उस 2 फुट के आदमी के साथ लड़ाई शुरू कर दी थोड़ी ही देर में लड़ाई खत्म हुई राजा जीत गया। लेकिन जब उस उस के के के के आदमी आदमी आदमी आदमी को को को जान जान से से मारने मारने की बारी है, तो राजा राजा ने कहा कि इस फुट के को जान से में कैसी महानता? फिर फिर जिंदा बढ़ गया। दो दिन बीते, वो वो वो सामने लेकिन तब का का था, अब लेकिन तब वो चार फुट का था अब वो छुट्टे इस इस और इसी तरह राजा उसे गया और, वो हर बार फुट गया। और एक दिन ऐसा को लड़ने के लिए चैलेंज किया, लेकिन इस लेकिन राजा महान का उसने चैलेंज एक्सेप्ट किया लड़ाई शुरू हुई लेकिन इस बार राजा बहुत तकने होगा राजा का एक हाथ टूट गया लेकिन राजा कौन था राजा महान का उसने जैसे तैसे करके उस आदमी को हरा दिया लेकिन इस बार उसने उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ा उसने उसे जान से मार दिया अब आप मुझे बताइए कि महान का किस बात में जैसे की जान से खत्म किए बिना तुमने आगे मत बढ़ना फिर भी उस राजा ने अपनी महानता दिखाते हुए उस आदमी को जिंदा छोड़ता गया जो कि उसे आगे बहुत भारी गया अपना एक हाथ भी उसे गवाना पड़ा तो अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी जिंदगी में कितनी भी छोटी प्रॉब्लम क्यों ना आए उसे खत्म किए बिना आगे मत बढ़ना क्योंकि कल को वही छोटी प्रॉब्लम आपके सामने बहुत बड़ी बनकर आ जाएंगी और इन छोटी-छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व तो मैं अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस और मोटिवेशनल स्टोरीज लाते रहता हूँ